वेलकम टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई क्लास लेकर के आया हूं जो कि फिटर ट्रेड थ्योरी इससे पहले मैंने आपको फोरजिंग एंड ब्लैक स्मृति का पार्ट नंबर वन करवाया हुआ था आज मैं आपको पार्ट नंबर टू यहां पे फोर्जिंग चैप्टर कराने जा जो जो टूल फोर्टिंग में यूज होते हैं इनके बारे में मैं आज आपको तो यहाँ पर बताऊँगा सबसे पहला कैनबिल है ये आपके सामने जो कैनबिल का सेप बना हुआ है ये कैनबिल है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये किस मटेरियल का बना होता है और इसका साइज क्या है और इसका वेट क्या है सबसे पहले हमें जनरल चीजें का फेस जो है वो टूल स्टील का बना होता है ये फेस हमारा टूल स्टील का बना होता है और इसकी बॉडी जो है वो माइल्ड स्टील की इतना एरिया हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है और रॉट आयरन के भी और इसकी हाइट जो होती है ये जो हाइट इनकी वो 60 सेंटीमीटर cm में 60 cm होती है और mm में जो होती है 20 से 25 mm होती है अब किलोग्राम से 300 किलो तक होता है और जनरल कार के लिए इसका वेट 150 किलोग्राम रखा जाता है अब हम देखेंगे इसके कौन-कौन से होते हैं सबसे पहला भी। फिर हमारा हमारा फेस है है है ये है। ये ये और ब्लॉक पार्ट्स इनके बारे में यहाँ पर देखेंगे मैंने आपको बता दिया है ये कास्ट या स्टील का बना होता है है करके बनाया जाता है। और इन की सहायता से धातु को गर्म धातु को इन छित्रों पर रखकर पीटने से किसी भी आकार की वस्तु बनाई जा सकती है पंच का प्रयोग करके जॉब में किसी भी आकृति व आकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अब हम चलेंगे स्वेज बॉग की ओर स्वेल ब्लॉक का जो साइज होता है वह 60 सेंटीमीटर होता है इसका साइज क्या, क्या कार होते हैं ब्लॉक कास्ट आयरन का बनाया जाता है और इसके द्वारा कास्टिंग भी बनाया जाता है। दूसरा मुख्य उपकरण स्वेज ब्लॉक है बाजार में यह पच्चीस सेंटीमीटर से सात सेंटीमीटर तक वर्गाकार स्वेज ब्लॉक उपलब्ध होते हैं इनको सभी तलों में प्रयोग किया जाता